फी फटने से पहले अगर फटने वाले कि ना फटे तो फिर क्या फतेह फटने से पहले फटने वाले कि ना फटे तो फिर क्या फतेह अरे वाह <laughs>